थोड़ा बदल गया हूं मैं नहीं कोई तकलीफ नहीं है बस अब जिंदगी सही नहीं लग रही है लोगों से कम बात करता हूं फोन नहीं उठाता हूं मैं लोगों को रूढ़ लगने लगा हूं पता नहीं है दौर कब बीतेगा लेकिन जिंदगी के एक बुरे दौर से मुस्कुराते हुए गुजर रहा हूं मैं थोड़ा